हेलो दोस्तों सबके स्वागत है और एक नई ब्लॉग दोस्तों से लोग कैसे हैं आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और दोस्तों किसी का आप लोग जानते हैं कि हम लोग कहीं बाहर आ रहे थे और आप लोग बहुत ही कमेंट करते हैं कि आप लोग कहाँ लो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग उस जगह पहुँच गए